हेलो एवरीवन आज हम करने वाले कोरोना का पाइथन में कोडिंग करते हैं कोरोना के लिए आई I मीन mean डायग्राम के लिए तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे कोडिंग तो सबसे पहले हम अपना एक फाइल बनाते हैं न्यू पर क्लिक किए कोरो सेक्शन आपका है तो हाँ सबसे पहले हम बताते हैं सबसे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप लोगों pip पिप इंस्टॉल टर्टल करना अगर हम लोग टर्टल के मदद मतलब से कोडिंग करते हैं तो आफ्टर कोडिंग जब कंप्लीट होता है तो हम लोग जब तक टर्टल को इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वो प्रोग्राम रेडी नहीं होगा वो एर आ जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो पाइचाप वगैरह यूज करते हैं वो अपने टर्मिनल में जाएँ यहाँ पर जाके सिंपली पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल टर्टल लिखे ठीक है टर्टर लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा यानी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा मैंने पहले से किया हुआ तो हमारा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ है और जो नॉर्मल नोट पर करते हैं वो अपने कमाण पर जाके उसको इंस्टॉल करें मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ क्या करना है आपको चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे कर कोडिंग कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इम्पोट टर्टल टी यू आर टी एल ई टर्टर लिखने के बाद हम लोग इंटरफेस करते हैं तो ए का वैल्यू हम लोग देते हैं ठीक है एक ए बनाते हैं तो उसका वैल्यू ज़ीरो देते, है, है, देते हैं अगेन बी बनाते हैं इक्वल टू ज़ीरो देते हैं ठीक है ये हमने ज़ीरो तो पुट कर दिया तब अब हम लोग टर्टल का कलर देते हैं टोटल हमारा कौन सा कलर होगा टर्टल डॉट बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड कलर तो मैं ब्लैक दूँगा आप अगर ब्लैक नहीं लिखते हैं आप अपना कलर का कोड लिख सकते हो उसे चेक करने के लिए आप क्रोम पर जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पर ठीक है फिर हम लोग टर्टल का स्पीड देते हैं तो वो किस स्पीड से चलेगा तो टर्टल डॉट स्पीड स्पीड हम ज़ीरो दे रहे हैं अब आते हैं हम लोग टर्टल का पेन अप करते हैं टी यूआ टी टर्टर डॉट पेनअप टर्टर डॉट पेनअप कर दिए तो पेनअप हम लोग कर दिए ठीक है उसके बाद हम लोग उसके पहले लिखते थे चले कलर भी देते थे टर्टल का जो हमने नहीं दिया अभी यहाँ पर ट तो हमारा पेन कलर कौन सा रहेगा तो पेन कलर हम ग्रीन लेते हैं ग्रीन अच्छा लगेगा. ब्लैक अब इसके करने के बाद टटल गो टू फंक्शन जाते हम लोग गो टू फंक्शन अगर आप लोगों गो टू फंक्शन तो मतलब नहीं पता है तो मैं आपको पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पर लेके चलता हूँ वो पर पता चल जाएगा क्या Python, T U R -T -A L -E, documentation ये मेरा पहले से आया हुआ है चलिए फिर से क्लिक गो टू फंक्शन क्या होता है कंट्रोल पर सेव करते हैं और गो टू फंक्शन करते हैं अब यहाँ पर गो टू फंक्शन देखते हैं कि क्या काम हो रहा है गो टू फंक्शन का Go to गया क्या काम कर रहा ठीक है आप यहाँ जा पर जाके पढ़ सकते हैं चलिए हम हम कोड कोड पर आते हैं हैं हैं अपना लिखते हैं। अब Go to को 20200 तो तो देते टू जीरो पेन डाउन करते हैं अगर पेन तो पेन डाउन भी करना भैया टोटल डॉन पेन डाउन पेंट ऑन कर लिया अब हम लोग यहाँ पर वाइल लुक यूज़ करते हैं वाइल टू करते हैं वैल्यू ठीक है value, अब देखिए यहाँ पर टर्टल टी यू आर टी एल डॉट फॉरवर्ड करते हैं मैंने लास्ट लास्ट वाले वीडियो में फॉरवर्ड का एफ डी लिखा दोनों का काम सेम होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यहाँ पर कर्सर को ले लेकर कंट्रोल प्रेस कीजिए और फ्लिक लेफ्ट क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा फॉरवर्ड की तरफ फिर हम लोग टर्टल में जाते हैं अगर एफडी डी यहाँ पर लिखते हैं एफडी डी वैल्यू ही, ही होगा मैं अभी नॉर्मल सा बेसिक बना रहा हूँ इसी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये देखिए फॉरवर्ड का एफडी का फॉरवर्ड हो गया बीके का बैक हो गया बैकवर्ड का बैक हो गया आरटी का राइट right हो गया एलटी का लेफ्ट हो गया पोजीशन गो टू स्टेप पॉज का हो गो टू स्टेप पोजिशन step, का हो गया गो टू जो हम लोग बात कर रहे हैं तो गो टू तो फंक्शन जब इस लगाते हैं सेट का हो गया सेट है ये होता है अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल से बना रहे हैं बेसिक कोड तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे फॉरवर्ड ये देखिए हमारा फॉरवर्ड इस तरह से आ गया चलिए कोई दिक्कत नहीं तो फॉरवर्ड क्या रहेगा फॉरवर्ड ए देते हैं हम लोग अब हम लोग टर्टल डॉट राइट करते हैं तो राइट हम लोग बी को देते हैं अब हम लोग ए प्लस प्लस इक्वल टू थ्री देते हैं बी प्लस इक्वल टू वन देते अब देखिए इफ बी टूल टू इक्वल टू टू हंड्रेड टेन के बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे ब्रेक किस लिए करेंगे कि दो हजार दो सौ दस से ज्यादा के तो भैया तुम ब्रेक हो जाओ तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टाइल ठीक है एस t वाई l स्टाइल -E, दी हम लोग स्टाइल क्या देते हैं मैंने देखा है इसका है c o u ई ठीक है अब हम लोग देते हैं इसका बोर्ड कितना होगा थ्री जीरो थर्टी फिर हम लोग यहाँ पर देते हैं इटेलिक का आई टी एल आई सी टैलिक देते हैं अब ये येलिक दे दिया चलिए ये हमारा एट्टी फाइव परसेंट कम्प्लीट हुआ कोड यहाँ पर अब हम लोग राइट करते हैं टी यू आर टी एल टर्टल डॉट डब्ल्यू आर आई राइट किए भैया अपना नाम मेन्सन करना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने अपने पर पर नाम नाम नाम मैं मैं जल्दी सॉरी अपना करने के बाद हम लोग आते हैं फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट अब अलाइन सेंटर ठीक है सेंटर -E सेंटर हमारा अलाइन अब यहां पर देखिए सारा काम कंप्लीट हां इसका मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा ये नॉर्मल बेसिक है हमारा तो ये देखिए आपका तीन मिनट में रेडी हो गया चलिए रन करते हैं ये हमारा कैसा वर्क करता देखते हैं ये मालूम परफेक्ट वर्क किया है है इस ये ये देखिए हमारा रेड बाय नहीं आ रहा है। तो तो तो अब हम हम हम लोग लोग लोग इसको इसको क्या क्या करते है। कलर तो टर्टल का कलर करते हैं हैं चेंज चेंज चेंज करने करने के के लिए लिए कलर कलर कलर में टर्टल टर्टल का का करेंगे यहाँ पर लिखेंगे t t u r l l c o कलर तो यहाँ पर कलर हम कलर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर रेड देता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा कंट्रोलर से, से किया रन करते हैं अब देखते हैं कि ये कैसा आता है ये हमारा पहले से चला हुआ है ये देखिए अब ये हमारा रन किया परफेक्ट वर्कर है हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए तो अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करो लाइक कमेंट करो